बह सभी जुबाह है हम है हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम्हरे सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है